हेलो स्टूडेंट मैं पवन भमूरिया फिजिक्स का आज हम चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है ये तीन नंबर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर है इसमें से थ्री मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है पर बहुत आसान चैप्टर है हमारे पास जो कलेक्शन है ऑब्जेक्टिव का वो भी बहुत छोटा है इसमें और इनमें से ही आपको थ्री मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएँगे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मिनियर क्रिस्टल अगर जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करें तो जर्मेनियम में ये जो गैप होता है ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन ओल्ट और वहीं सिलीकॉन में यह होता है वन इलेक्ट्रॉन ओल्ट पर यह ऑप्शन तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहे यहाँ पर दिख रहा है 1.2 पॉइंट टू इंटू टेन द पावर माइनस नाइनटीन वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टू द पावर माइनस नाइनटीन पर वो जूल में वैल्यू है तो अगर जूल में है तो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन्टीन से और जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी अराउंड वन पॉइंट टू द पावर माइनस जूल जर्मिनियम के लिए फॉरविडन गैप एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल ये दोनों वैल्यू भी याद रखना है 0.7 इलेक्ट्रॉन ऑल्ट फॉर जर्मेनियम जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन ऑल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन ऑल्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जर्मेनियम क्रिस्टल में पी को टाइप पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि की संयोजकता क्या होगी द बैलेंसी ऑफ द इम्प्योर्डिस एडेड टू अर्मेनियम क्रिस्टल तो जर्मेनियम क्रिस्टल जो है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, है? होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में तो फोर इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर अब इस क्रिस्टल से हमको क्या करना है एम्प्योरिटी मिक्स करना है तो इम्प्योरिटी मिक्स करना है मतलब जर्मेनियम जो क्रिस्टल है उसमें से जर्मेनियम हट जाएगा और उसके स्थान पर कोई नया एटम आ जाएगा वो एटम जो होगा उसको पी टाइप का वो एटम जो होगा उसमें या तो थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे अब अगर थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस टाइप के यहाँ बात होगी या तो एलुमिनियम आ सकता है बेल बैरबोरान आ सकता है एल्यूमिनियम आ सकता है गैल्यम आ सकता है आपने पढ़ा होगा इंडियम आ सकता है तो इंडियम इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं अगर ऐसा करते हैं तो एक प्लेस पर क्या हो जाएगा होल जनरेट हो जाएगा थ्री पर तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन एक पर होल जनरेट हो जाएगा जिससे वो पी टाइप का सेमी बनेगा तो पी टाइप सेमी के लिए आपको याद रखना है वेलेंसी थ्री होना चाहिए और एन टाइप सेमी के लिए वेलेंसी कितनी होना चाहिए फा होना चाहिए तो यहां पर आएगा थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड में अवस पर्त में होते हैं तो जो डिप्लीशन तो स्टेशनरी आयन होते हैं निश्चल आयन होते हैं ऐसे आयन होते हैं जो मूव नहीं कर सकते मूवमेंट नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन पीएन संधि डायोड में अवेय पर्त की मोटाई क्या है तो अवछय पर्त की मोटाई आपने पढ़ी होगी डिप्लीशन लेटर mm या फिर 10 टू द पावर माइनस थ्री मिलीमीटर या फिर 10 टू द पावर माइनस सिक्स हम लिख सकते हैं मीटर तो इतनी डिप्लीसन लेयर की थिकनेस होती है तो d इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर अवस पर्त की मोटाई है डिप्लिशन लेयर की गैप है या थिकनेस है नेन गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन में नैन गेट नहीं तीनों गेटों के लिए बता देता हूँ पहले बात करते हैं हम नॉर्थ गेट की तो नॉर्थ गेट के लिए तो बुलियन एक्सप्रेशन वाईज इक्वल टू ए बार होती है और गेट के लिए बात करें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी होती है और एंड गेट के लिए बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी अब अगर नॉर की बात करें तो नॉर में क्या हो जाएगा a प्लस बी का होलबार और नैन की बात करें तो नेंड में हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार। तो हमको किसके लिए पूछा है नेंड गेट के लिए तो ऑप्शन है ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू वाई नेक्स्ट क्वेश्चन शून्यताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करता है अगर जीरो डिग्री एब्सुलट जीरो है जीरो कैलविन है तो जीरो कैलविन पर सेमी कंडक्टर जो है वो क्या बन जाता है इंसुलेटर बन जाता है इंसुलेटर तो इंसुलेशन लिखा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करेगा ताप कम करने से जर्मेनियम अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है बढ़ जाता है मतलब इंक्रीज हो जाता है और वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो कैलवीन नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक और चीज़ सेमीकंडक्टर के लिए याद रखेंगे आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस इंक्रीज होता है किसी प्रति किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डैस डेस डैस हो जाता है तो अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है अर्धचालक है उसमें इम्पोर्टी मिक्स करते तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और अगर कंडक्टिविटी इनक्रीज होगी तो यहाँ पर पूछा है रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस विल भी डिक्रीज तो कम हो जाएगा तो याद रखेंगे अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने से प्रतिरोध कम हो जाता है घट जाता है एन प्रकार के अर्ध में एन का मतलब ही है नेगेटिव और नेगेटिव जो है उसमें कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जो बहुसंख्यक आवेशवाहक की बात की है मेजोरिटी चार्ज करियर जो है वो कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं यहीं पर अगर क्वेश्चन पी टाइप का होता तो हम वहाँ पर बोलते होल किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर अभी बताया मैंने अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी चालकता क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है तो याद रखेंगे तो लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी बिकम इंक्रीजेस तो इंक्रीज याद रखेंगे निज अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटी तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो एंस्ट्रेंटिक एंट्रेंसिक जो सेमीकंडक्टर होते प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ओल्ट होती है कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन ओल्ट एंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं नैन गेट में एंड गेट के साथ क्या लगा होता है तो नैन गेट बनता कैसे अगर हमारे पास एक एंड गेट है इस एंड गेट के आगे हम क्या लगा देते एक नॉर्थ गेट तो इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो जो नया गेट हमको मिलता है वो गेट कौन सा होता है नैंड होता है तो नैंड गेट के आगे नैन गेट में एन गेट के आगे क्या लगा होता है तो आंसर नॉट गेट होता है तो यहां पर आंसर हो जाएगा नॉट गेट याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको क्या कहा जाता है इन्वर्टेड गेट बोलते हैं इनवर्टेड गेट और वितक्रम भी कहा जाता है हिंदी में वितक्रम गेट कहा जाता है ये उल्टा कर देता है जीरो को वन और वन को जीरो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन तो मैंने आपको आपको बता दिया था एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी होगा तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि वाई बराबर ए डॉट बी है तो गेट कौन सा होगा ए डॉट बी है तो एंड होता है और उसका बार है तो गेट विल भी ड गेट कौन सा होगा नैंड गेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नैन गेट का बुलियन एक्सप्रेशन तो नैन गेट का अभी बताया मैंने वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार याद रखेंगे बार बार रिपीट होना भी अच्छी बात है जल्दी से याद आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस देखते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए निज अर्धचालकों में पंच पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर उसकी ऊर्जा ऊर्जित ऊर्जा अंतराल जो है किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है तो हाउ डज द एनर्जी गैप अप अ प्योर सेमी कंडक्टर चेंज वेन पेंटावेलेंट इम्प्योर्टिस आर एडेड टू तो इट तो अगर हम पेंटावेलेंट जो हमारी इम्प्योरटीज है उसको मिक्स करते हैं तो वो जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो निज अर्ध में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा तो वो सॉरी गेप की बात की है, तो एनर्जी गेप इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा सॉरी सॉरी क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योटिस मिक्स करने से वो जो एंड टाइप का सेमी बनेगा और सेमी जो है वो अब कंडक्ट करेगा तो कंडक्ट करेगा तो इसका मीनिंग है कि वो जो गैप है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहां पर आएगा डिक्रीज हो जाएगा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी वही है त्रिसी मिला या पंच सयोधी मिला है मतलब अगर हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट दोनों इंप्योटिस मिक्स करें तो वो जो गैप है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा याद रखेंगे क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी गेप क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा तो गेप विल भी डिक्रीजेस चालक चालन इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेक होलों के वेक अपवाह वेक से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन उनका जो ड्रिफ्ट वेलासिटी है वो होल की ड्रिफ्ट वेलासिटी से क्या होती है तो वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई होती है वेलासिटी ऑफ होल से याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाई होती है और होल की वेलोसिटी कम होती है पीएन जंक्शन में पश्च पश्चिम बढ़ाने पर अव्छय पर्द की मोटाई क्या हो जाती है हाँ तो अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाती है तो ये इंक्रीज हो जाएगी बढ़ जाएगी औछय पर्द की मोटाई क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो रिवर्स बायस में ये जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो आप जानते हैं रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता तो याद रखेंगे रिवर्स बायस रिवर्स बायस ठीक है तो रिवर्स बायस जो है उसमें क्या होता है ये जो प्रतिरोध होता है वो हाई होता है अधिकतम होता है इस कारण करंट का फ्लो नहीं के बराबर या बहुत कम होता है किस गेट को विक्रम गेट कहा जाता है मोस्ट आई पे क्वेश्चन क्वेश्चन ये रट लीजिए आप मोस्ट आई एम पी गेट इज कॉल्ड इन्वर्टेड गेट या इन्वर्जन गेट नॉट गेट को इन्वर्जन गेट कहा जाता है नेक्स्ट है हमारे पास मेज द कॉलम टैंक परिपथ की बात की है तो टैंक परिपथ हम किस बोलते हैं जब हमारे पास इंडक्टर मतलब L और कैपेसिटर मतलब C एल सी सर्किट जो है उसको कहा जाता है टैंक परिपथ तो यहाँ पर टैंक सर्किट जो है उसमें आ जाएगा LC सर्किट सॉरी फर्स्ट नीज अर्धचालक नीज अर्धचालक जो है वो कौन है नीज मतलब प्योर अर्धचालक प्योर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम है तो इसका राइट आंसर जर्मेनियम होगा और होल का नंबर ज़्यादा होगा अगर होल का नंबर ज़्यादा है तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा तो ये थर्ड हो जाएगा तो ये हमारा अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पर एक छोटा सा वीडियो था ये अच्छे से देखिए और इसके क्वेश्चनों को याद कीजिए ये एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आएंगे थैंक यू आज का सेसन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट करें थैंक यू